हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सभी लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छी होंगे हैप्पी नवरात्रि और आज है नौमी और आज मैंने बनाया है हलवा चने एंड आलू की सब्जी और पूड़ी क्योंकि आज हम लोगों ने कन्ना खिलाई थी तो कन्ना खिलाई थी और नवमी की पूजा भी होती ना तो यही खाना बनाते हैं तो अभी मैं हलवा बना रही हूँ एंड हमारे यहाँ क्या होता है कि मेरी सास माँ बोलते कि जितनी जल्दी हो सकते यार तुम्हें कन्ना खिलानी है तो मैं जल्दी जल्दी फिर खाना बनाना होगा इसलिए हम लोग जल्दी जगते आज मैं पाँच बजे ही जग गई थी और बजे बस नहाने के बाद में सबसे पहले मैं खाना बनाने आ गई और ये तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मेरी सास माँ के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ही खिलाएंगे बाद में खिलाएंगे तो क्या फ़ायदा वो लोग पहले खा चुकी होंगी और फिर तुम खिलाओगे तो खाएंगे भी नहीं बस वो ऐसे ही आके जाएंगे थोड़ा सा खाएंगी तो मैं पहले खिलाना चाहिए तो फिर मैंने कहा कि घर में शांति ज़्यादा जरूरी है तो पहले ही खिला देते हैं तो मैंने अभी उन लोगों को खन करना खिला दिए और मैं आ गई हूँ अपने रूम में अभी क्लीनिंग के लिए और साथ के साथ इन्होंने भी अपना ना खाना खा लिया थोड़ा टाइम लग जाता है तो इन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया एंड अभी कृष्ण और मैं दोनों मिलकर क्लिनिंग कर रहे मेरा तो क्लीनिंग का पार्टनर ये है ये भी साथ में ही करता है और घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और कृष्ण आजकल चारोत्तर अब सामान फैलाने लग गया पहले अपने रूम में ही खिलता था बट अब तो चारों तब सामान फैलाता है और अभी बर्तनों हो गए तो मैंने सारे बर्तन अभी वॉश करके रख दिए और दूध को भी मैंने फ्रिज में रख दिया वरना तो ख़राब हो जाएगा गर्मी की वजह से वैसे इतनी तो गर्मी नहीं है बट फिर भी फ्रिज में रख दो तो, तो सेफ रहता है और मैंने फिर से अपना काउंटर टॉप क्लीन कर दिया क्योंकि मेरे को आप बोल सकते थोड़ा सा फो भी आई है ये का तो मैं हमेशा करती रहती हूँ एंड मैंने सुबह ना कपड़े लगा दिए थे जल्दी तो अभी सारे कपड़े मेरे धुल गए हैं तो मैंने ऊपर धूप में सुखाने आ गई आलसी बालकनी में सुखा रही हूँ बट मुझे लगता है ना बहुत सारे कपड़े तो ऊपर छत पे आके सुखा के क्योंकि छत पे जल्दी भी जाते हैं क्या है। क्या कर रहे है रुद्र क्या कर रहे बेटा रुद्र हो देखो ऐसे लेटे हुआ है। इसका यही काम है जब तक मैं किचन में रहती हूँ ना इसी तरीके से ये बाहर ये गाड़ी लेके राउंड राउंड घूमता है या फिर आज आप मैकेनिक बन रही हो गाड़ी ठीक कर रहे हो क्या गाड़ी ठीक ठहर रहे है अभी और इसका काजल देखिए काजल लगाना बहुत अच्छा लगता है जब भी ये थोड़ा अच्छा लग रहा होता है ना उन्हें तो हमेशा काजल लगा के उसको बस चंदा कर देती है और मैं यहाँ मैगी बना रही हूँ भी इन लोगों ने डिमांड की मैगी खाने की तो मैगी बन रही है हल्की हल्की भूख लगने लग थी तो कृष्णा का भी का भी मन हो रहा था मैगी खाने का बहुत टाइम हो गया था मैगी बनाई तो सोचा कि चलो मैगी बनाते हैं क्या क्या हुआ? क्या हुआ देख हो रहा है आपने किस चीज की डिमांड की थी मैं एक चीज देती ये तो जब भी मुखते ना इनको तो पनीर के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है जो इन्हें पसंद हो तू क्या इतनी इस टाइम पे खाना खाने के बारे में इंसान क्या खाता है खाना खाने के बारे में इंसान क्या खा सकता है है बताओ खाने खाने को को ये देखो इतना मोटा होना खाने खा मुझे पता ही नहीं आपने <laughs> खाना चारों ने खाना ही नहीं खाया क्या रही? मैगी। मैगी। मेरे राज में आपको क्या मिल जाएगा तकिया दिलाने को लेके जा रहे ऐसे हम बहुत, बहुत सारे सामान ले आते है बस पिलो नहीं लाते हो आप पिलो ही दिलाते ही नहीं है ऐसे बोलना चाहिए मुझे ऐसा नहीं बोलते गंदी बात है अच्छा अच्छा मैगी खा लो फिर अपने आप बना के नई चीज दिखाती ये क्या कर रखा है देखो क्या कर रखा है बेटा ये हम्म लाके इसमें डाल लिए इसने आप मम्मा के लिए कितना काम फेलाते जॉन बेटा इसमें मच्छर मच्छर हाँ। हाँ। और कैसे आपको ये बताओ और मम्मी को ये तो बताओ आपकी नीनी पूरी हो गई अब क्या खाओगे आप और आपको मैगी कैसी लगी कृष्णा गंदी गंदी लगे इसने मैगी नहीं खाई तो आपको भूख लग रही होगी है ना आज इसने एक ही बार ना खाया अभी तक चुबा चुबा खाया तो पूड़ी आलू की सब्जी और हलवा है ना नीटर हाँ। मैगी इसने नहीं खाई क्यों नहीं वो मैंने मिर्ची मिर्ची हो गई थी उसके अंदर तो को मिर्ची तो को लगी ने मैर्गी नहीं खाई है ना <laughs> और पता है आज मैं इसके पास से लेके आई थी मेरी नोच खा गया है ना? इसके देखो, मतलब इसके देखो स्माइल चेहरे पे जो स्माइल आती है ना वो देखो नहीं अभी मैंने अपने लिए चाय बनाई है इन और इन्होंने इनके लिए कोल्ड कॉफी बनाई है अकेली मैं ही हूं जो चाय पीती हूं और अब मैं कृष्णा के लिए चीला बनाऊंगी मुझे चीला बनाना सबसे ज्यादा इजी लगता है और मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं चीला ही बनाती हूं निक्की बे को चीला पसंद नहीं है मुझे चीले से वोमिट हो जाती है ना उल्टी आ जाती है हां देख लो ना अभी ना मैंने मेहनत भी नहीं की बोलो कृष्णा बोल के बताओ अभी तो मैंने मेहनत किया देख लो उल्टी आ जाती है इसे क्या आज मैं इसके लिए इवनिंग स्नैक में है ना कैरेट और कोकुम्बर वाला चीला बना रहा हूँ जिसे बनाने के लिए मैंने ओट्स फ्लोर लिया है और राइस फ्लोर लिया है उसमें हल्दी नमक जीरा ही काली मिर्ची ये सब बेसिक मसाले जो होते हैं अमचूरी पाउडर वो ऐड करके बैटर में बना लूँगी आजकल तो क्या है कि रुद्र कितने नखरे हो गए ना पहले वो चीला खुश होकर खाता था बट अब वो नहीं खा रहा है पता ही नहीं चलता ये कभी खाता है कभी नहीं खाता आप देखो देखते ही मना कर करते कि मैं नहीं खाऊँगा पर ये बहुत टेस्टी बनता है आप जरूर ट्राई कीजिए इस टाइप का बनाने के बच्चों को बहुत पसंद आता है और जो बच्चे नहीं खाते ना उन्हें खुद से खाने दीजिए बच्चे जब खुद से खाते ना तो एक्सप्लोर करते और बहुत जल्दी खाना भी सीख जाते हैं तो ट्राई कीजिए आप बच्चों को खुद से दीजिए है ना हम जरूर ना घर में मन नहीं लगता और ऐसा लगता है आज का डेट तो थोड़ा अधूरा अगर बाहर भी गए तो आप चलोगी बेटा यार के पास जाओगे घूमे घूमे नहीं जाओ घूम घूमे नहीं जाए एंड फाइनली आज वो दिन आ गया जब हम लोग पिलो बाइक कर रहे हैं और इवन वन मंथ हो गया होगा मैं आई जब से वन पिलो गायब इन्होंने पता नहीं उस पिलो के साथ क्या किया और देखो घर पे मेरा कृष्णा ने इस तरीके से बुरी तरीके से घर फैला रखा है तो मैं क्या करती हूँ जब भी ये फैलाता है ना मैं इसी को ही देती हूँ करने के लिए जिससे कि इसको आइडिया हो और आने के बाद में हमको टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था मार्केट जाता तो टाइम तो लग ही जाता है तो मैंने जल्दी जल्दी दाल और चावल ही तो कुछ भी नहीं बनाया तो मैं यहाँ पर कृष्णा को दाल और चावल दे रही हूँ क्योंकि अभी हमें खाना खाने के बाद में थोड़ी देर के लिए हम घूमने जाने की भी सोच रहे थे कि इवनिंग वॉक भी हो जाएगी और हमारे पास में रामलीला होती है तो वहाँ भी जाना है एंड अभी पास में रामलीला हो रही है तो मैं सोचू कृष्णा को वहाँ पे लेके जाऊँ क्योंकि बच्चों को हमें सिखाना जरूरी होता है हमें सारी चीज़ें इसको सिखाना चाहती हूँ क्योंकि कुछ संस्कार ऐसे होते तो हैं जो अभी हम बच्चों को देंगे ना वो लाइफ लॉन्ग होते हैं तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं चाहती कि जो नहीं सीखे हर चीज़ जाने ये ज़रूरी होता है बच्चों को हमें हमारा कल्चर सीखने देना उन्हें सिखाना जो हम सेलिब्रेट करेंगे बच्चा ऑटोमेटिकली वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देगा बस कुछ इस तरीके से आज का मेरा डे क्या है अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा है